ला गए अरे सर गुड मॉर्निंग क्या हो रहा था यहाँ अरे सर क्या हो रहा है कुछ भी तो नहीं हो रहा है आपको तनखा किस बात की मिलती है जी किस काम की मिलती है आपको जी पढ़ाने का मिलता है तो क्या कर रहे थे आप हम पढ़ाई तो रहे थे अच्छा अरे नहीं तो क्या बेटा क्या हो रहा था यहाँ अरे सर जी ये सो रहे थे झूठ सफेद झूठ सर झूठ बोल रही है बस चल जाए जा। अरे सर कहा सुने तो अरे सर सर सुने तो अब यार का सच बोलने की क्या जरूरत थी अरे सर जी ससुर जी से झूठ कैसे बोल सकता हूँ ससुर जी अरे हाँ सर इनके बेटी से प्यार करता हूँ मैं अच्छा तभी मैं सोचू क्लास में इतना सोता क्यों है? सोते सोते हर वक्त उसका सपना जो देखता है सर जी क्या करते रहता हूँ क्या सोता है सोता है सर देखिए देखिए सर ये फिर ऐसी सुनने की बात कर रहे हैं सर देखिये अरे नहीं सर इस बस सोचा था इस बार वार्निंग देकर छोड़ देंगे लेकिन अब तो सस्पेंशन पक्का है तुम्हारा अरे नहीं सर सुने तो सर सुने तो बहुत अच्छी छोट रहा तेरी, है रुक, मुझे सस्पेंड करवाया अभी प्रिंसिपल को तू उसके बेटे के साथ इश्क लहरा चाहिए फिर तक कैसे स्कूल से निकल पाता है तुझे आरा सर जी फिर आम... होती है आपकी तेरी अरे मेरे प्यारे जाने मन मेरे बेबी पिंकी है हाँ मेरी जानू मेरी सोनू राखी चल सुन न हाँ तो ना हाथी का अंडाला हाथी का अंडाला नहीं बेटा हाथी क्या खंडाला होता है अच्छा हाँ चल निकाल बेटा इधर देख कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है तेरा है हाँ, तो अरे सर जी इतिहास गवाए जिस जिसने प्यार करने वाले को रोका है न उनके सर्वनाश हो गया है तो आपका भी सर्वनाश निश्चित लिख लो मुझसे तेरी अरे सर जी ये तो मर गया क्या रॉकी रॉकी रॉकी कोई पुलिस का बुला पुलिस पुलिस चुप बत्ते बिजक क्या करू मैं क्या करूँ लेमन चूस ले हुए कौन था भे सर जी रोकी का भूत चप डता है मुझे डराता है मुझे रॉकी रोके रॉकी रॉकी मम्मी क्या गुप्ता जी क्या कर रहे हैं आप मेरे हस्बैंड आ गए तू अरे आ जाएगा नहीं आ गया अरे सर जी सब ठीक अभी दिखाता क्या ठीक और क्या नहीं है रुको तुम मम्मी